असलम मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली और आप देख रहे हैं मराडी मैंटेनेंस यूटूब चैनल उम्मीद करता हूं कि आप सब खेरियत से होंगे और इंशाल्लाह होने भी चाहिए दोस्तों ज़्यादा टाइम लिए बिना चलते अपने टॉपिक की तरफ ये है सिंग मशीन का हेड ठीक है इसको उतारा है और वो इसलिए उतारा है कि ये चलते चलते ये बिल्कुल हिल रहा था ये देखिए इसकी इसको ये इसको सलाइडर भी बोलते हैं जो पट्टी लगाई है और आसान सी जबान में बोलें तो हम तो रेलगाड़ी बोल देते हैं यार ठीक है क्लियर में तो ये जो ऊपर के तीन नंबर के नेट है नट है ना ये जो खुल रहे हैं अभी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहले मैं बता दूं कि वॉइस मुझे बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है ठीक है ना तो ये तीन नंबर के नेटों की वजह से ये यहाँ पर इस हेड का बैलेंस बांधा जाता है ठीक है ये देखें अभी ये हिल रहा है पूरी तरह से तो अब इसका किस तरह से बैलेंस बांधना है और किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है वो इन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा और आप इसको अपनी मशीनों का काम जो है वो ये वीडियो देख कर करते जाएँ आराम से इसमें कोई वो नहीं है आपको घबराने की कोई बात नहीं है ठीक है ना आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को अपने हफ्जा में रखे हमारी हम सब की यही दुआ है अल्लाह ताली खेर करें बस तो ये देखें आप इसको ये नट जो है इसको दो नट आई है सही है ये तीन नंबर की एल के नट है और इस पर यह दस नंबर की चाबी के वो लगे हुए हैं अपना नट लगे हुए थे बोर्ड लगे हुए होते हैं ठीक है ना तो इसको सारी सेटिंग मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरह से इसकी सेटिंग करनी, सेटिंग करनी सेटिंग है और किस तरह से इसका बैलेंस बांधना है ये आप देखते जाएंगे तो ये सारी समझ आएगी आपको वीडियो एंड तक देखेंगे तब जाके समझ आएगी अगर आप आम मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करो बेलाइक पर सहाल कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बसानी पहुँचती रहे तो ये सारी सेटिंग में समझा रहा हूँ अच्छा ये मोबाइल हिल रहा है ना तो ये वीडियो में ये थोड़ा ये वाइब्रेशन नज़र आ रही है ये असल में हमारी कंपनी की छत है ये दूसरी कंपनी की छत है ये कमज़ोर है थोड़ी ठीक है ना तो दूसरी मशीन चल रही है तो वो ज़ाहिर सी बात अब कैमरा लगा हुआ है तो वो अपने आप ही हिल रहा है हमारी गलती नहीं है इसमें भाई ठीक है माजरत तो ये देखें अभी इसका बैलेंस बांधने वाले हैं हम इनशाला सारी सेटिंग समझा रहा हूँ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आप देखते जाए वीडियो आखिर तक देखेंगे तो समझ आएगी वरना तो बस क्या बताएं आपको ठीक है न अगर हमसे किसी तरह की मदद चाहिए तो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है मैंने ये बिल्कुल फ्री है आप फ्री में कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो हमसे बन पड़ा वो ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे तो ये अभी इसका तकरीबन बैलेंस हो गया ओके अब इसको थोड़ा दोबारा रेलगाड़ी को अंदर कर देते हैं क्योंकि ये बाहर आ रही है ना इसको हिला रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं ये रेलगाड़ी तो बाहर आएगी क्योंकि इसकी लॉक नहीं लगी हुई ये अभी भी थोड़ा आउट है इसको अभी थोड़ा सेट कर रहे हैं तो ये सेटिंग सारी मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ ताकि आप अपनी मशीनों की मेंटेनेंस खुद करें ये भी है बड़े मसलों के लिए मेंटेनेंस वाले भी आ जाते हैं उनकी भी मैं वो नहीं कर रहा कि उनको बिल्कुल ही ना बुलाएँ उनका भी कारोबार इनशाला चलता रहेगा मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है ज़ाती बस ये मैं ऑपरेटरों के लिए बना रहा हूँ जो के न्यू ऑपरेटर होते हैं उन बेचारों को काम नहीं आता ना तो रात को तो मेंटेनेंस वाले आते ही नहीं हैं तो ये वीडियो देखकर वो अपना काम खुद कर लें तो ऊपर का काम करने के बाद ये नीचे देखें तीन नंबर की एल का नट लगा होता है इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे आप ठीक है थोड़ा सा लूज़ करने के बाद सामने लगा हुआ होता है ये एक मुँह का पेच का नट ये देखें ये सामने अभी ये टाइड करूँगा मैं ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सामने ये रहा इसको दो से तीन चूड़ियाँ आपने टाइट करना है फिर हेड को हिला के देखना है कि हेड जाम तो नहीं हो रहा है इसे देखो अगर आगे पीछे आ रहा है तो दो से दो चूड़ियाँ और टाइट कर दो अगर मज़बूत हो गया इतना ज़्यादा भी मज़बूत नहीं करना क्योंकि ये कलर चेंज करने के वक़्त ये जाम होता रहेगा तो कलर चेंज फसता रहेगा फिर आप लोग परेशान हो गए तो ये लग, लगभग ओके हो गया उसके बाद तीन नंबर का नट वो नीचे वाला जो खोला था आपने उसको दोबारा टाइट करना है सही है ना तो ये सारी सेटिंग समझा रहा हूँ मैं आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मशीनों का काम खुद सीखने लगेंगे इस तरह से हिला के चेक कर लें कि कहीं पे हैड जाम तो नहीं हो रहा सही है ना इनशाला मैं न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा और डेली वीडियो में अपलोड करूँगा और अपलोड करने का जो टाइम है ना वो फिक्स टाइम है मेरा छः बजे छः बजेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्लीज़ देख लिया करें तो अच्छी बात होगी आप भी काम सीख जाएंगे इमराइडी मेंटेनेंस का सही है ना तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग लगभग होने वाली है चलते हुए भी डेमो दिखाऊँगा मैं आपको सेंटर बांधेंगे इसका सेंटर कैसे बनता है सारा कुछ दिखाऊँगा मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है तो वो नेट टाइट कर दिए अभी इस तरह से हिला के चेक कर लें तकरीबन ओके होने वाला है इंशाल्लाह देखें इस तरह से हिला के चेक कर लें ताकि ये कहीं भाग रहा तो नहीं है आगे पीछे तो नहीं हो रहा सही है ना अभी इन इस नट को दोबारा टाइड करेंगे ये भी तकरीबन होने वाला है अब आए हैं हम ऊपर वो नीचे का तो काम हो गया ये है टेकअप लिवर आसान जबान में बोल दें तो हम इसको घोड़ा बोलते हैं ठीक है न हाँ यार क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं ऑपरेटर के उनको ये सारी चीज़ों का नाम पता नहीं होता तो आसान सी जबान में उनको जो भी आता है वो बोल दें वो इसलिए उनके लिए कोई मसला नहीं है तो ये अभी इसकी सेटिंग में बता रहा हूँ ये चारों टेकअप लीवर लग गए इनके अच्छा ये हेड का सेंटर बांधने टाइट करने से पहले ये टेकअप लीवर इसके अंदर फिट करके इसके ये तीन नंबर के नट टाइट कर दें आप। आपके हेड के ऊपर तीन नंबर के नट हैं ढाई के हैं या जो भी हैं वो ये सारी सेटिंग ऐसे ही है बिल्कुल आसान है इसमें कोई वो नहीं है सही है ना ये वाला नेट भी टाइट हो गया लगभग हमारा अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह मैं दूसरी सेटिंग बताता हूँ हेड पीसी कार्ड वो भी लगाएंगे हेड लगाएंगे उनकी केबलें लगाएंगे वो भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से लगती हैं सही है न तो ये अभी जो वो रेलगाड़ी की जगह है ना ये इसकी लॉकें होती हैं ये लॉक आपने वापस लाजमी लगानी है क्योंकि बाज़ चलते चलते हेड आगे पीछे कलर चेंज होता है ना तो ये निकल जाती है ये निकल गई तो हेड का बैलेंस आउट हेड का बैलेंस आउट तो या तो उनको निडलें तोड़ेगा या तो शटल की नोक खराब करेगा ठीक है ना तो ये सारी सेटिंग है इंशाल्लाह मैं समझाता रहता हूँ आपको समझ आ जाएगी और जल्द से जल्द आ जाएगी आप अपनी मशीनों की सेटिंग खुद कर सकते हैं तो अभी इसके आए हैं सेंटर के वाले नट टाइट करने की तरफ ये सेंटर के नट हैं इस तरह से देखें ये दोनों इसकी लॉक आ गई हेड के अंदर अब इस पर तीन नंबर के नेट लगते हैं वो लगाएंगे तीन नंबर के नेट लगा के नीचे सेंटर भी बांधना है अच्छा दूसरे हेडों को देख लो कि कलर चेंज कौन सी नीडल पर खड़ा हुआ है अभी तो ये खड़ा हुआ है हमारा हेड तीन नंबर पर तो हम तीन नंबर पर सेंटर बांधेंगे आप आपने देखना है कि आपकी मशीन किस जगह पर खड़ी हुई है सही है ना तो एक नंबर पे खड़ी है तो एक नंबर पे बांधो नौ कलर का डिज़ाइन होता है नौ पर खड़ी है तो नौ पे बांधो जिस पे वो खड़ी होती है उस पे बांधो तो ये अभी सेंटर के नट लगा रहे हैं हम लोग इनको एक एक करके टाइट करेंगे सही है ना हमने तो ये सेंटर बांधा है अंदाजे से लेकिन आपने ऐसा नहीं अगर आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर ये यह ओके है तो सही है नहीं तो फिर वो निडिल तोड़ देगा नीचे से आप ऐसे ही कर लें कि नीचे से काट लें थोड़ा सा कपड़े को सही है ना देखें हम तो अंदाज़े से बांध रहे हैं अलहमदिल्ला तो आपने अगर इतना अंदाज़ा है तो आपने नहीं काटना अगर अंदाज़ा नहीं तो फिर आपने नीचे से कपड़ा काट लेना है वो निडल भी तोड़ सकता है ठीक है ना प्लेट ख़राब हो जाती है नीचे की सही है इसके बाद चलते हैं मैं इनशाला आपको दिखाता हूँ चलती पे कि कैसी क्वालिटी बना रही है किस तरह से वो कर रही है सारी सेटिंग समझाऊँगा मैं आपको ये दस मिनट की वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है इंशाल्लाह अभी इसके नट टाइट करेंगे सेंटर बांध लिए नट टाइट होने वाले हैं तकरीबन ये नट टाइट हो गए सही है ना तो अभी चलते हैं इसका ऊपर हेड पीसी कार्ड लगाएंगे वो उसकी तारें कैसी लगती हैं ये देखें ये सारी लगी हुई है ये पाँच सौ चौवन का कार्ड लगता है इसमें ठीक है ना ये देखें मेन केबल कहाँ लगी हुई है और ये सिग्नल केबल कहाँ लगी हुई है और यू टी सी के बिल कहाँ लगी हुई है ये यू टी सी है सही है सारी सड़ी अगर वो पीछे वाली प्लेट खोली है आपने तो वो वापस लगा दें क्योंकि वो लाजमी है ऊपर से कचरा वचरा गिरता रहता है ना ऊपर रखे होते हैं नट बोल्ट रखे होते वो नीचे गिर जाते तो वो नीचे जाके मसला कर दें कैम में फंस गए या यह टेकअप लीवर की तरफ़ फंस गए यहाँ पे ये अच्छी बात होती है आप उसके नट लगा दिया करें प्लेट वापस लगा दिया करें ठीक है न अभी इसका हेड लगा रहे हैं हम इसको फिट कर रहे हो अभी मैं दिखाता हूँ चलते हुए पे कि ये चलते हुए पे कैसी क्वालिटी बना रही है इंशाल्लाह ये बेहतरीन क्वालिटी बनाएंगी मुझे तो उम्मीद है ठीक है ना सारी सेटिंग यही है यार इसमें कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल आसान काम है मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है आप फ्री कॉल कर सकते हैं इन मेरे से जो बन पड़ा मैं आपकी मदद करूँगा ये देखें अभी मशीन चल रही है सही है अभी मैं क्वालिटी भी दिखाता हूँ आपको धागा टूटा ये दूसरे हेड का टूटा है क्वालिटी भी दिखा रहा हूँ मैं आपको ये देखें इसको यहाँ पे ये ऑयल वग़ैरह मार दें आप ठीक है ना तो ऑयल मारेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहेगा ये देखें किस तरह से लगा हुआ हेड है अभी क्वालिटी भी दिखा रहा हूँ थोड़ी सी आपको पूरा डिज़ाइन में नहीं दिखाता हमारी कंपनी के सोलह के ख़िलाफ़ है ठीक है ना तो ये सारी सेटिंग यही है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए असल वरहम्बरक